करंसी में तो समझ में आता है, क्या है? हो जाएगा तो हम हमारी बोरइंग पावर कम हो जाएगी तो, पार्टी देख लेते हैं या तो हम बोरोवर हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोरोवर ही होते हैं या फिर हम डिपोजिटर हैं या फिर हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ सही है अच्छा जो नॉर्मल जो नॉर्मल लोन लिया जाता है वो किस रेट के ऊपर लिया जाता है रेट रेट रेट रेट के के के ऊपर ऊपर ऊपर या वेरिएबल लिया जाता है तो ने अगर रेट बोरोइंग की हुई है तो रिस्क क्या है रिस्क है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना डिक्रीज होना ठीक है और अगर बोरोअर ने फ्लोटिंग रेट पे बोरोइंग की हुई है अब रिस्क क्या है इंटरेस्ट okay. रेट का इंक्रीज होना सिमिलरली अगर डिपॉजिटर ने फिक्स रेट के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है अब रिस्क क्या है डिपॉजिटर को क्या रिस्क होगा अगर उसने फिक्स रेट के ऊपर डिपॉजिट किया हुआ है इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको तो फिक्स अमाउंट मिलेगा ना हेलो जी सर इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कंटिन्यू हो गया था एक सेकेंड जस्ट होल्ड चलें टू बी कंटिन्यू शेयर हो रही है स्क्रीन हेलो। हेलो। जी जी सर सर जस्ट एक मिनट रुको मैं जस्ट इंटरनेट चेंज करता हूं जस्ट वन मिनटे जी सर अच्छा जी तो ये अब इंटरेस्ट रेट अब इंटरेस्ट रेट हम बोरोट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि अगर एक ने लोन लिया हुआ है और उसने फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन लिया हुआ है तो इसको मैनेज करने के लिए उसका रिस्क क्या होगा क्या रिस्क होगा इंटरेस्ट रेट का बढ़ना सही? अब वो या तो इसको इग्नोर कर दे और वेट करे कि एक्चुअल पोजीशन क्या बनती है या फिर वो ये कर सकता है कि वो इसको कर। अगर वो अगर करने जाता है, तो जिस तरह करेंसी में हेजिंग के मेथड इस्तेमाल होते हैं इस तरह इंटरेस्ट रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए हेजिंग में क्यों कर रहा हूं कर रहा हूँ हेजिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो मुझे जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एक पर्टिकुलर रेट में और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो हम ये चाहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाए और हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़ेगा तो इसके अंदर हमारे पास हैजिंग में कुछ इंटरनल मैथड है जैसा करेंसी में थे और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल मेथड्स हैं जो हम करेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से इंटरेस्ट रेट के अंदर भी इंटरनल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं और एक्सटर्नल मेथड इस्तेमाल मैथडम इंटरनल मेथड्स में हमारे पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड मैचिंग और एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड स्मूथिंग इसी तरह एक्सटर्नल में हमारे पास एक मेथड है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पेपर में जो कैलकुलेशन आती है वो सिर्फ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की आती है और वो भी बहुत रेयर केसेस के अंदर आती है और बाकी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ना इसकी डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है ऑल द कैपलान की बुक के अंदर इनकी डिस्कशन हुई भी है लेकिन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है जो फर्दर मैंने लिखे हैं। हमारे सिलेबस में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सिर्फ किसका है इसका और थ्यूरी में आप एक इंटरनल मैथड ये कर लें और एक इंटरनल मैथड ये कर लें आइडिया में दे दूंगा इंटरेस्टेड गारंटी वगैरह क्या होता है लेकिन जरूरत नहीं है अगर उसको ना किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड होता है कॉल्ड स्वैप ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि कैप्स क्या होते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं ऑप्शन क्या होते हैं इंटरेस्टेड गारंटी क्या होती है, है तो हम चलते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की जो कैलकुलेशन आ सकती है पॉसिबल वो कर लेते अच्छा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जी So, ओ, थियोरी में, थियोरी में हो सकती। लेकिन oh. F9 के में एक्सक्लूसिवली स्वैप है नहीं और बाद किट के अंदर अगर कोई सवाल आया हुआ होता है तो किट के अंदर तो हर सवाल पास्ट पेपर का नहीं होता ना तो आप उसके लिए जो सिलेबस गाइडलाइंस करेंगे तो वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टेस्ट होगा होगा या नहीं नहीं तो तो आज तक तो कभी नहीं है एमसीक्यूज में आ जाए तो तो मैं टर्म्स क्लियर कर लूंगा होता है क्या सबसे पहले हम चलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के ऊपर ये क्या है इट्स लाइक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली ये किसके साथ किया जाता है बैंक के साथ किया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरेस्ट रेट को लॉक करना बोथ एडवर्स एंड फेवरेबल मूवमेंट for example, look, आज है for example, आज date है फर्स्ट December एटीन ठीक है और हमें लोन लेना है फर्स्ट uh, जनवरी 18 से और uh, कब तक 31 मार्च 18 तक हमें लोन लेना है uh, 2 मिलियन यूएसडी का लोन लेना ठीक है वॉट इज द रिस्क इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क ठीक है इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए हमें वेरिएबल पे डिस्कशन कर रहा इंटरेस्ट रेट बढ़ना जाए ठीक है तो हमने क्या किया लोन का पीरियड हमारा कब से शुरू होगा जनवरी जनवरी तो जनवरी हमने फर्स्ट फर्स्ट का इंतजार नहीं किया, क्योंकि तो पर तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिस बैंक से हम लोन लेंगे हम गए एक बैंक के पास और उससे हमने आज एक एफ आर ए परचेज कर लिया तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई किया कि जी इंटरेस्ट रेट हम आपको सेवन परसेंट देंगे लॉक कर लिया सेवन परसेंट इंटरेस्ट रेट ठीक है और ये एफआरए जो होगा इसकी ड्यूरेशन बनेगी आ, ये इसकी ड्यूरेशन बनेगी एफआरए की वन टू फोर अब ये वन टू फोर का मतलब क्या है वन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट इन वन मंथ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू होगा और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना है चार तीन महीने ये जो बीच वाला पीरियड है ना ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ बोरिंग तो वन टू फोर का डिफरेंस कितना है तीन महीने तो ड्यूरेशन ऑफ वॉरिंग कितना हुआ फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या होगा टू टू सिक्स का मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा इन टू मंथ टाइम में और मिच्योरिटी कितनी है चार चार महीने की मिच्योरिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा टू मंथ में और उसकी टोटल ड्यूरेशन आज से अगर काउंट करेंगे तो छह महीने बनती है और अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखा जाए तो वो चार महीने का ठीक है जी सर अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल uh, हमने फॉर एग्जाम्पल ऊपर अगर हम इस कॉन्ट्रेक्ट को लेके चलें तो कितना लोन हमें लेना है दो मिलियन का और रेट हमने क्या स्पेसिफाई किया है सेवन परसेंट सेवन परसेंट अच्छा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट हो गए एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चले गए जो हमारा लोन लिया था हमने उसके ऊपर ए टेन परसेंट हो गए और बी जो है फाइव परसेंट होगा तो अब क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट टेन हो गए तो क्या होगा और अगर इंटरेस्ट रेट फाइव हो गए तो क्या होगा तो हमने बैंक से क्या कमिटमेंट की है? एफआरए आर ए के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए तो हम कितना पे करेंगे हम हम सिर्फ 7 ही पे करेंगे. हम नहीं पे करेंगे करेंगे ज्यादा नहीं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो जिस बैंक से हमने लोन लिया होगा उसको हम कितना इंटरेस्ट देंगे ओरिजिनल हमारी बोरिंग होगी टेन परसेंट कितना बनेगा दो मिलियन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व निकालें कितना बनता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलियन यानी कि फाइव हंड्रेड थाउजेंड सही है और एफआरए कितना था सेवन परसेंट था ना तो एक्सिस आपको बैंक कंपनसेट करेगा कितना कंपनसेट करेगा बैंक आपको निकालेंट जीरो वन फाइव 0.01, जीरो वन यानी कि एक लाख पचास माइनस कर दें तो दो मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट इफेक्टिवली क्या बन रहा है ये ये आंसर 35,000 बनता बनता है uh, 3, 50, बनता है? I think 50, है ना? 50, है। so 50,000 50,000 ना? तो 35,000 बनेगा ये अफेक्टिव रेट कितना हुआ दिस इज एन अफेक्टिव रेट ऑफ सेवन परसेंट परसेंट सही है जी। yeah. अच्छा इसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो हमारा इंटरेस्ट रेट हो गए 5 परसेंट अपोजिशन क्या होगी हम अपने जो बोरो जहां से हमने बोरो किया है उस बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय फाइव परसेंट मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय ट्वेल्व ये निकालें और एफआरए वाले बैंक को क्या पे करेंगे डिफरेंस टू परसेंट का टू परसेंट का डिफरेंस ये क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो थाउजेंड टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया Nice. Which is effectively 7%. Hmm. इसका मतलब ये हुआ कि एफ करने का फायदा क्या है कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या इंटरेस्ट रेट कम हो जाए हम हमेशा क्या पे करेंगे हम Fix, हमेशा एक फिक्स रेट yes. पे करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल abc plc needs to borrow 30 million pound in for 8 months so iska matlab kya tha 3v7 ji इसमें एफआर में है ना थ्री टू सेवन का मतलब है की टोटल ड्यूरेशन चार महीने तीसरे महीने में स्टार्ट होगा सेवन मंथ में खत्म हो जाएगा गुँँ। गुँँ। है? अच्छा 11 एफ आर ए इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 2.75 2.60 सेवन फाइव टू पॉइंट सिक्स जीरो हायर रेट हमेशा बोरिंग रेट होगा अगर दो रेट दिए हुए होंगे तो हायर रेट बोरिंग रेट होगा और टू पॉइंट सिक्स जीरो डिपॉजिट का एफ आर ए तो ये हमारे लिए रेलिवेंट रेट होगा वो ये रेलिवेंट रेट होगा बोरोवर के लिए अच्छा जी इंटरेस्ट रेट्स मूव टू फोर परसेंट इंटरेस्ट रेट फोर फोर परसेंट पे चले गए तो हम अपने ओरिजिनल बैंक को कितना इंटरेस्ट देंगे फोर परसेंट फोर परसेंट 2.75 तो FRA के ऊपर है। ये लोन कितने महीने का है? Nine. आठ महीने का। Nine कैसे हुए? Three to 11 का कैसे डिफरेंस होता है एट मंथ एट और इंटरेस्ट रेट कितना है फोर परसेंट हो गया 0.8 0.8 कितना 0. 8 0. 8 कितना होता है 80,000 अब बैंक हमें देगा है? हम बैंक को देंगे 800 होता एट हंड्रेड 800,000 जी एट मिलियन बनेगा तीन जीरो अगर मैं हटा दूं ना तो आई थिंक इट्स मिलियन मिलियन मिलियन बनेगा तो मैं तो 30, तो मैं मैं तीन तीन जीरो जीरो हटा देता हूं ना 30 million, तो 30 का है पुट इन दिस वे आसान कर लेते ना तो एट हंड्रेड आ रहा है ठीक है सही है 4%. दिस so, 30,000 12 0.04 800 आ रहा है जी सर और बैंक हमें कितना कंपनसेट करेगा 2.75 और 4 का डिफरेंस कितना होता है थ्री फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी होता है एक सेकंड चेक कर लेते हैं फोर माइनस टू पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई थर्टी थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू एट डिवाइडेड बाई टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी टू फिफ्टी माइनस कर दें फिफ्टी फाइव फिफ्टी इज दफेक्टिव इंटरेस्ट और यह अफेक्टिव परसेंटेज क्या बनेगी अफेक्टिव परसेंटेज बनेगी एफ आर ए वाली टू पॉइंट सेवन पाव फाइव बस इतनी सी कैलकुलेशन आती है एफ आर से रिलेटेड अब एफ का ड्रॉबैक क्या है अगर